So guys, welcome back to our channel. So, guys, हम लोग आ चुके हैं मार्केट पर शूट करने जहां कोई नहीं है क्योंकि भीड़ में तो हम कर नहीं सकते बाप को भेज तेरे बस की बात नहीं। गजब भी जती है <laughs> लग रहा होगा ये नया चेहरा कहां से आ गया कौन आ गया कौन है चलो बताते हैं अपने बारे में आपको बस बताने के लिए ज़्यादा कुछ है नहीं बट बत बताएंगे जो भी है थोड़ा बहुत पहले वीडियो में हमने अपना इंट्रो नहीं दिया था तो इसमें इंट्रो कर लेते हैं मेरा नाम है सत्यम और मैं यूपी के कानपुर ज़िले के छोटे से गांव से हूँ तो एजुकेशन की बात करें तो ट्वेल्थ पास आउट हूँ और ग्रेजुएशन चल रही है तो ये लोकेशन कुछ अच्छी नहीं लग रही है चलो दूसरी लोकेशन पे चलते हैं कुछ ज़्यादा हो रही है और मुझे गर्मी बहुत लग रही है पता नहीं क्यों उतरी याद आया अभी आएगा ना भिड़ो आज तो मैंने नहाया भी नहीं है सोशल मीडिया से मेरा बहुत ज़्यादा लगाव है तो मैंने सोचा मैं भी यूट्यूब पे आ जाता हूँ और ब्लॉगिंग शुरू करता हूँ तो फाइनली हम लोग आ चुके हैं यूट्यूब पर और अभी आपने सब्सक्राइब बटन को क्लिक नहीं किया है तो क्लिक कर लें सब्सक्राइब बटन पर नाचो कूदो ठोंकूँ कुछ भी करो मुझे नहीं पता बस दबना चाहिए वही सीरियसली मत लेना मोबाइल वोबाइल फूट जाएगा क्या फायदा आप लोग हमें गाली दोगे बाय बाय गाइस मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में